अगर आपने इस वीडियो पर क्लिक किया है तो आप सही जगह और सही टाइम पर आए हैं आप वीडियो को ध्यान से देखिएगा बिल्कुल घबराने की ज़रूरत नहीं है आपको दिख रहा होगा प्रकाश के स्रोत ठीक है तो प्रकाश के स्रोत कहने का मतलब ये होता है कि प्रकाश जो है वो क्या क्या चीज़ों से आता है स्रोत कहने का मतलब कि क्या क्या चीज़ों से आता है यानी क्या क्या चीज़ों से प्रकाश उत्पन्न होता है तो वही आज हम समझने वाले हैं ठीक है ठेके? तो ध्यान से देखिए आपको सब आ ही यहाँ पर आप सबको क्लियरली दिख रहा होगा प्रकाश के स्रोत ठीक है जिसे इंग्लिश में कहते हैं सोर्स ऑफ लाइट ठीक है यहाँ पर मैंने आसानी से लिख रखा है कि वह वस्तु जिससे प्रकाश निकलता है उसे प्रकाश के स्रोत कहते हैं एग्जांपल में मैंने ले रखा है सूर्य तारे जुगनू अस्टार फिश विद्युत बल्ब मोमबत्ती लालटेन आदि ये जो वस्तुएँ आपको दिख रहे हैं ये जो वस्तुएँ आपको दिख रहे हैं ये सभी के सभी क्या हैं प्रकाश के स्रोत हैं ये प्रकाश के स्रोत क्यों हैं क्योंकि इन सभी वस्तुओं में से प्रकाश निकलता है तो जिस भी चीज़ों में से प्रकाश निकलेगा उसको हम कहेंगे प्रकाश के स्रोत ठीक है तो आप सबने यह भी सुना होगा जल के स्रोत और भोजन के स्रोत और कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन वसा विटामिन ये सब के स्रोत उसी तरह हमारा आ जाता है प्रकाश का स्रोत तो प्रकाश के स्रोत में आप आसानी से याद रखिए कि जिस भी चीज से प्रकाश जिस भी वस्तु से प्रकाश निकलेगा उसे हम उसको हम कहेंगे प्रकाश के स्रोत ठीक है तो यहां पर आसानी से मैंने लिख रखा है ध्यान दीजिए और हाँ साथ ही प्रकाश के स्रोत दो प्रकार के होते हैं तो यहां पर आप ध्यान दीजिए आपको दिख रहा है प्रकाश के स्रोत दो प्रकार के होते हैं ठीक है तो पहला आ जाता है प्राकृतिक प्रकाश के स्रोत और दूसरा आ जाता है मानव निर्मित स्रोत मानव निर्मित प्रकाश के स्रोत अब प्राकृतिक प्रकाश के स्रोत का मतलब क्या है तो प्राकृतिक प्रकाश का स्रोत का मतलब आ जाता है कि भाई साहब जिसको किसी ने नहीं बनाया वो पहले से ही है और उसमें से प्रकाश निकलता है तो सूर्य तारे जुगनू और तारा मछली यानी स्टारफिश ये जो सभी चीज़ें आपको दिख रहे हैं ये पहले से ही पृथ्वी पर यानी ब्रह्मांड में विद्यमान है उपस्थित हैं तो इनको इसलिए हम कहते हैं प्राकृतिक प्रकाश के स्रोत जो पहले से होगा और जिसको किसी ने नहीं बनाया होगा और उसमें से प्रकाश निकलता होगा तो उसको कहेंगे प्राक प्राकृतिक प्रकाश के स्रोत ठीक है और मानव निर्मित प्रकाश के स्रोत कब कहेंगे जब मनुष्य ने बनाया होगा तो विद्युत बल्ब मोमबत्ती लालटेन ये सब मनुष्य बनाते हैं इसलिए मानव निर्मित प्रकाश के स्रोत हो गया ठीक है तो प्राकृतिक प्रकाश के स्रोत में आपको आ गया होगा सूर्य तारे जुगनू और तारा मछली यानी जिसे स्टारफिश कहते हैं इंग्लिश में और मानव निर्मित में आसानी से विद्युत बल्ब यानी कोई भी आप बल्ब बाटते हैं तो लाइन के सहायता से ही बारते हैं तो वो हो गया विद्युत बल्ब और मोमबत्ती और लालटेन ये सभी के सभी क्या है मनुष्य के द्वारा बनाया गया है इसलिए इसको कह रहे हैं मानव निर्मित स्रोत प्रकाश के ठीक है तो आसानी से आपको आ गया होगा और समझ में आ गया होगा तो मिलते हैं अगले वीडियो में इस वीडियो के लिए लाइक कर दीजिएगा तब तक के लिए जय हिंद जय भारत